एक लड़का लड़की को आइसक्रीम खिलाता रह गया और लड़की विमल वाले से पट गई मोरल ऑफ द स्टोरी शकल सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें लड़की से बात करने आनी चाहिए बोलो सुबह <सभी> <सभी> <सभी> <सभ> अब घर बनाना और भी हुआ आसान बस थोड़ी सी जमीन खरीदें, उसके बाद इस मिस्त्री को पकड़ें।